नाम हरदम हरिका सुमर ले जिंदगी का ठिकाना नहीं है नाम हरदम हरिका सुमर ले जिंदगी का ठिकाना नहीं है। हरदम हरिका सुमर ले जिंदगी का ठिकाना नहीं है नाम हर दम हरिका सुमर ले जिंदगी का ठिकाना नहीं है स्वास अनमोल मो स्वास अनमोल प्रभु ने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 माना अरबो की दौलत कमाया महल वो कोठा बुठाया माना की अरबो कमाया कोठा वो महल तू बुठाया हीरा पन्ना हीरा पन्ना सब कुछ को सजाया हीरा पन्ना सब कुछ को सजाया ये खजाना यही का यही नाम हर दमे हरी का तुमर ले जिंदगी का ठिकाना नहीं पूरी में जमानत न होगी झूठा साथी गवाही नहीं है जोपुरी में जमानत न होगी झूठा साथी गवाही नहीं है झूठा साथी गवाही नहीं है मुलजिम खुद ही अपना दोस्त बताता मुलिम खुद अपना दो से बताता घूस वाला उठाना नहीं है नाम हर दमे हरी का सुमर ले जिंदगी का ठिकाना नहीं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 क्या कहोगे उस मालिक से जाके वहाँ चलता बहाना नहीं नाम हर दम हरी का तुमर ले जिंदगी का ठिकाना नहीं है नम हर दम हरी का तुमर ले जिंदगी का ठिकाना नहीं है नम हर का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 ठिकाना नहीं है जिंदगी का ठिकाना